बीते हुए पल से नफरत है आते हुए कल से नफरत है उनको कबीर की दोहों से गालिब की गज़ल से नफरत है वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाच करे मेरे देश में कुछ बेशर्मों को ताजमहल से नफरत है